हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों यार आज ना मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो बहुत ही मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग इसलिए भी है यार आप जब सुनोगे ना दोस्तों दरअसल ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यार मेरी वीडियो ना ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने नया चैनल बनाया है जैसे चाहे वो मेरी वीडियो देखने के बाद हो या छो मैंने लोगों से अपील की थी कि यार आप भी मेरी तरह नया YouTube चैनल बनाए जो मेरे दर्शक हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन्होंने भी यार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो देखो मैं आपके लिए कैसे नई नई वीडियो लेके आता हूँ तो यार दोस्तों मैं ना चलो सीधे टॉपिक की तरफ चलता हूँ यार आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आई होप के सब पता है कि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यार वीडियो को ना प्लीज पूरा देखें आ, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे ना यार पूरा तो आपसे इंटरेस्टिंग टॉपिक छूट जाएगा दोस्तों दरअसल टॉपिक ये है कि मान के चलो कि आपने यार नया चैनल बनाया है नया चैनल बनाया आपने तो यार आ, आपने नया चैनल बनाया तो आप ये देखते होंगे कि यार मान के चलो कि स्टार्टिंग में आपके चैनल पे जो है आ, यार बिल्कुल कम जो है दो चार दस पंद्रह बीस सब्सक्राइबर हैं जाहिर सी पता है कि स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है मैं समझ सकता हूँ यार ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद ही मैं इस टाइप की वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए ठीक है तो होता क्या है दरअसल कि हम स्टार्टिंग में नया चैनल बनाते हैं ना तो बिल्कुल यार कम व्यू आते हैं जैसा कि आप लोग खुद देख पा रहे हैं देखते होंगे अपनी वीडियो को कि यार दस व्यू पंद्रह व्यू व्यू ऐसे होंगे सब्सक्राइबर होंगे या होंगे तो इस होता दर, अब अब बात है कि यार इतने कम सब्सक्राइबर चाहे वो आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों यार, मैं आज वीडियो की, वीडियो के हेल्प से आप स्टार्टिंग में अपने जो है कम सब्सक्राइबर हैं है, या उससे भी कम है तो आपके व्यू जीरो से लेकर जीरो तो आप क्या करें कि आपकी वीडियो पे जो है ज्यादा व्यू आने लग जाए तो दोस्तों यार चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्लीज़ जैसा कि मैंने बताया वीडियो पूरी देखें मैं शुरू करने जा रहा हूँ और दोस्तों लास्ट मैंने यार आपको सबसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं यार देख तो सबसे पहले मैं आपको ना ले चलता हूँ यार प्रूफ की तरफ ये देखो ये मेरा मान के चला ये मेरा चैनल है और इस पर ना मैं अपने वीडियोस पे जाता हूँ और ये मोस्ट पॉपुलर वीडियोस ठीक है तो जैसा कि आज का टॉपिक है कि यार हम स्टार्टिंग में नए चैनल पे जो है आ, अपने व्यूज़ कैसे बढ़ाएँ तो यार आप ये देखो ये ना जाहिर सी बात है पता है मैंने आपको बताया कि यार ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं ठीक है मैं भी पता है आपको मैं नया हूँ अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए मेरे चैनल को बनाए पर ये देखो ये मेरी जो है ना ऊपर ये चुंदरी चुंदरी डांस जो देख पा रहे हैं जिसमें मैं अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा हूँ तो ये यार ना ये वीडियोज़ जो है इसको ये देखो इसका एनालिटिकले चलता हूँ मैं आपको इस वीडियो पर ठीक है ये देखो ठीक है यार इस वीडियो में ना ये देखो सिक्स इस वीडियो में जो है मोस्ट पॉपुलर पे हम करते हैं ये देखो सिक्स के व्यू है तो यार दोस्तों आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ कि आपका चैनल स्टार्ट है बिल्कुल नया किया है तो आप कैसे अपनी वीडियो तो दो दोस्तों आप शॉर्ट वीडियोस बनाइए ठीक है शॉर्ट वीडियोस बना के आपको ना कुछ ऐसा डालना है उसमें आप जो भी चाहे डांस कर रहे हैं लिपसिंग कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं आपको अपनी वीडियो में कुछ ऐसा डालना है जो जिससे कि आपके यार कम सब्सक्राइबर जीरो सब्सक्राइबर हैं या कोई नहीं देखता है तो आपके तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि यार ये देखो जैसे कि सिक्स के व्यू है तो इसमें मैंने क्या डाला है चुनरी चुनरी डांस शॉर्ट वीडियो क्यूट कपल डांस दरअसल होता क्या है कि आप कोई भी वीडियो मान के चलो उसके नीचे ये मेरी जो है सिंगल वीडियो है हमें सीधे साधे अक्षय अक्षय तो दोस्तों आप जिस भी उसके नीचे ये देख रहे हो दूसरी वीडियो है मेरे चैनल की जो आप देख पा रहे हैं ये बन जाऊँ दुल्हन में तुम मेरा हो ठीक है तो दोस्तों दरअसल आप जिस भी चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं ना तो उसका आप जो है यूट्यूब में एक यूट्यूब में फाइंड करके देखिए सपोज़ करो मैं आपको दिखाता हूँ मैं को ले चलता हूँ जैसे सपोज करो कि आ, आप कोई भी ट्रेंडिंग जो है एग्जाम्पल के लिए कोई भी सॉन्ग मान के चलिए वफा ना नासाई ठीक है वफा ना हाँ तो आप ये देख पा रहे हैं जब आप यार आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ना तो ये देखो आपके जो है ना इस तरीके से आपको सजेशन देता है तो दोस्तों आप ये चीज़ इसमें देख लीजिए कि इसमें ना आप सबसे पहले जो आप पूरा पूरा टाइटल आपने लिखा भी नहीं तो ये आप सजेशन में तो इसमें क्या है जैसे मान के चलो आपका जो गाने का जो स्टार्ट का वो है वो ये है वफ़ाना रसाई तो आप इसको जो है ना ये क्लिक कर लीजिए या फिर इसको आप पूरा देख के हाँ और आई ठीक है दोस्तों इसको कॉपी करके ठीक है इसको सेलेक्ट ऑल और सॉरी कट हो गया हाँ ये दोबारा हम करते हैं वफ़ाना रास आई ठीक है ये हमने क्लिक कर दिया और दोस्तों इसके बाद क्या है इसको ना यार हाँ सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लो ठीक है और कॉपी करके आप जो है अपनी वीडियो में जब आप अपलोड करते हैं उस वीडियो में डालो ठीक है और दूसरा उस जो भी है पूरा टाइटल लिख के और उसमें यार कुछ ना ऐसा यूनिक डालो आप कि भाई ठीक है अगर मान के चलो आपने इस पर डांस किया है या फिर आपने लिचिंग की है तो वो डाल के और दोस्तों एक चीज़ और कि इसको डाल के जो है और उसमें यार एक शॉर्ट हैश जो है शॉर्ट्स हैश shorts जो है जरूर डालना हैश और शॉर्ट्स इससे क्या होता है कि यार आपका ना और ये देखो इस टाइप से जो भी शॉर्ट से रिलेटेड जो भी यार आपको हैश लगे ना वो आप कॉपी करके अपनी वीडियोज में है जो है वो टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करो डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दिया करो ठीक है और दोस्तों जैसे मान के चलो कि आपने जो भी जिस भी टॉपिक पे बना रहे हैं तो जैसे कि हमने ये सर्च किया था वफाना सही तो इसका हम ये देखेंगे हैश है क्या वफा ये देखो ये जो आप स्टार्टिंग में देख पा रहे हैं वफाना रास्ता ही ठीक है तो यार इसको कॉपी करके ना इससे ये जो भी है जैसे कि फर्स्ट वाला है सेकंड वाला है ये तो ये दो तीन जो हैशटैग है ना यार इसको कॉपी करके आप अपनी वीडियोस में डालो टाइटल में इससे क्या होगा कि आपका अगर जीरो भी सब्सक्राइबर है ना जैसा कि यार मैंने आपको अपनी वीडियोज़ का प्रूफ दिखा दिया ठीक है ये देखो मेरे चैनल पर कि यार स्टार्टिंग में बहुत टफ होता है हाँ तो ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ मोस्ट पॉपुलर तो ये देखो यार हाँ नया चैनल है और ये देखो चुंदरी चुंदरी पे सिक्स के जो है उसके नीचे ये टू पॉइंट वन उसके बाद वन के तो यार मतलब ये देखो सारी वीडियोस पे जो है मतलब हज़ार से ऊपर ऊपर हैं तो सोचो यार आपका चैनल नया है आपके वीडियोज़ पर भी हज़ार व्यू आएँगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा दोस्तों पता है क्या यार बड़े लोगों के जो पॉपुलर चैनल हैं उनपे हज़ार हज़ार पाँच हज़ार दस लाखों मिलियन बहुत मामूली बात होती है लेकिन यार जब नया चैनल होता है ना तो नए चैनल को कैसे ग्रो करे बहुत कम लोग बताते हैं। तो दोस्तों, अभी क्या? अभी हमारे लिए हजार इंपॉर्टेंट है हम हजार आएंगे, तो हम दो हजार की, सोचेंगे, तीन हजार, की सोचेंगे, फिर हजार की सोचेंगे तो इस तरीके से आप जो है अपनी वीडियोस को बनाओ, तो होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जिस भी टॉपिक पर आप बना रहे हैं उसको यूट्यूब में सर्च करके देखें उससे जो सबसे ऊपर आए मेन लाइन उस लाइन को कॉपी करें और उससे मिलती जुलती लाइन और भी कॉपी कर लें ठीक है और उसको अपने जो है टाइटल में अच्छे से और अगर डांस है तो उसमें जो है डांस जरूर लिखते हैं सिंगल है तो सिंगल डांस कपल है तो कपल डांस ठीक है जो भी है अगर फनी है तो फनी वीडियो ठीक है आप मेरी इस वीडियो से इस वीडियो के टाइटल से जो है ये देखो आप सीख सकते हैं ठीक है चुंदरी चुंदरी डांस शॉर्ट वीडियो क्यूट कपल डांस ठीक है इससे क्या होता है कि यार टाइप के जब सर्चेज आते हैं ना तो यूट्यूब क्या है आपकी वीडियो को रिकमेंड करता है ज्यादा से ज़्यादा लोगों को तक जो है शॉर्ट वीडियो ये पहुंचती है जिसकी वजह से वो आपके जो वीडियो है वो वायरल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और लोग जब सर्च करके आते हैं ना मान के चलो कि कोई दूसरा बंदा जो है वो चुनरी चुनरी पे जो है कपल डांस पे वीडियो बनाना चाहता है अपना शॉर्ट तो यार वो जब सर्च करेगा ना तो यार वो उस तरीके जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए मैं इसी वीडियो को लेकर चलता हूँ ये देखो चुनरी कपल डांस परफॉर्मेंस ये देखो ka okay. तो यार इस पर ना अगर इस पर देखो शॉर्ट अगर आ रहा होगा ये देखो मैंने बताया था ना आपको कि मैंने चुनरी चुनरी कपल डांस परफॉर्मेंस डाला जैसा कि मैंने अपने उसमें लिख रखा है तो ये देखो ये भी वीडियो जो है स्टार्टिंग में ही शॉर्ट्स में आ रहा है दोस्तों ये भले मेरे आ, चैनल पे है तो आप खुद लाप जब आप अपने चैनल पर भी आप अपने यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा तो आप आई होप कि आप लोग समझ हुए होंगे कि आप भी अपनी वीडियो में इस तरीके से जो है अट्रेक्टिव टाइटल हैश के साथ डालिए ठीक है और हैश जो है उस गाने से या उस वीडियो से रिलेटेड जो भी हैशटैग टैग है उसको यूट्यूब से सर्च करके और हैशटैग डालिए आई होप कि मैं 100 परसेंट श्योर sure हूं कि आप नए भी हैं अगर यूट्यूब पे और अभी आपके 10 20 50 व्यू आते हैं तो आपके जो है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये करेंगे तो गारंटी यार आपके ना हज़ार दो व्यू आने लग जाएंगे ये मेरा वादा है ठीक है दोस्तों यार अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करें आपको पता है कितनी मेहनत करके मैं जो है प्रूफ के साथ आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ठीक है दोस्तों और आपको यार कुछ डाउट हो तो मैं बिल्कुल बैठा हूँ यार आपका दोस्त कि आप कमेंट करके मुझे बताएं मैं आपके कम, बिल्कुल जो है क्लियर करूँगा वैसे तो मैंने सारे डाउट्स सा आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करिए बट फिर भी अगर आपको लगे कि यार कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और दोस्तों एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा यार अगर आपने मेरे चैनल को आप मेरे चैन पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी यूट्यूब पर जो है मेरे साथ स्टार्ट करके एक जो है यूट्यूब चर्निंग शुरू कर सकें हाँ तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें हाँ और ठीक है दोस्तों फिर मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ जो आपके चैनल के लिए आपकी वीडियो के लिए आ, बहुत ही अच्छा हो जो जिससे आपका चैनल ग्रो हो सके ठीक है दोस्तों तब तक के लिए प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय